को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में खुश नसीब है है वो जिनको मेरी ये ज़िंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में मैं तेनों समझावा तेरे बजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तो यो जान मेरी जान मेरी मैं तेनु समझावा की ना तेरे बजू लगदा जी जाए कोई ख्वाहिश बाकी हो सागी सागी रहे सागी आ रहना जाए कोई ख्वाहिश बाकी चले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या हमने जाना तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ेंगे हम ना हो जिसमें वो शीशा तो देंगे हम अगर तुम तो चला छोड़ तुम्हें जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना प्यार किया तूने भाना प्यार किया तूने भाना हाँ, बिन तेरे कोई आस भी न रही इतना तरसे के प्यास भी न रही बिन तेरे कोई आस भी न रही इतना तरसे के प्यास भी न रही खड़ा परो या तो हम चले आए तेरे घर पर सनम चले आए आया तो हम चले आए तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से कहा जाए संघु दी कसम बण जा बण जा तू मेरी इश्के भी चाशनी हो मिट्ठी मिठी चाशनी साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाम तक देरा लिखवाऊंगा समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा नंतजार तेरा तू दिल तो येनू समझावा तेरे बाचों लगदा जी शुबाकी हो सागी जागी, सागी जागी, आप रहना जाए कोई खाशा की जाना जाना जाना साथ कसम तुम है कसम कोई कोई कोई कोई एक तारा, एक तारा, को एक तारा। बोले, एक तारा, एक तारा, एक बोले की चाल है है नीची समान प्लेना शर्म आए जाओ आंखें भर आए जाओ धमकी रुक जाए तो रख रख तेरी निगाहें जिसमें बस रहती है उसकी ओ, के कोई क्यों ओ, तेरे है तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे तेरे मेरे दिल को तू जहा जुदा कर मुझको फरना कर दे मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना <coy Victorian> तेरे वास्ते मेरा इश्क मेरा इश्क नश्कू मेरा इश्क न तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफिया मेरा इश्क सूफिया मेरा इश्क सूफिया क्या कीज रासनाया रहना दूर क्या कीज रहा उससे मुझे बात बाकी सुबह अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है वल्लाह हुआ सुबह अल्लाह जो हो रहा है पहली दफा है अल्लाह ऐसा हुआ बातें ना, कोई तेरे खातिर है जीरा जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जीरा तू जहां जा कोई तेरे खाते है तीरा तूताही सीने में जब जब सा भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता मुड़ती कौन है तुझे प्यार करेगा जैसे मैं करती हूं। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना जालमा जहा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना फुजाल जहाँ मरहबा बातें मरहबा ने सो मर्द हर धड़कन तू हो ऐसे दिल को क्या धड़काना गालिमा तो मानू निधिया फिर जाए ना मानो निंदिया फिर जाए 那 तेरा तू दिल रा जान दान मेरी जान मेरी मैं तेन समझा वहाजों लग जी जाए कोई खाश बाकी हो सागी सागी रहे सागी सा रहना जाए कोई ख्वाहिश बाकी चले हो गया ये दिलाना होता है प्यार क्या हमने जाना तेरी तीस नो जिसमें वो शीशा तोड़ेंगे ते सूचना जिसमें वो शीशा तोड़ेंगे जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना प्यार किया तूने भाना प्यार किया तूने भाना बिन तेरे कोई यास भी न रही इतना तरसे के प्यास भी न रही बिन तेरे कोई न्यास भी न रही इतना तरसे के प्यास भी न रही time and please subscribe for upcoming music